ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है पहले ईडी जाती फिर अदानी जी आते मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस। बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति कांग्रेस के सामने आ खड़ी है हिंडन द्वारा गौतम अंडानी की संपत्ति का खुलासा पर जांच को लेकर मोदी सरकार चुप्पी साध ली है जिन किसानों को हड़पकर कर अडानी धनवान बनता गया वो किसान भी चुप हैं लेकिन विश्व समुदाय अडानी के इरादे से वाकिफ हो गया जिसका परिणाम ये हुआ कि अडानी रातों रात विश्व का दूसरा अमीर व्यक्ति बना वैसे ही धड़ाम से नीचे भी गिर गया हिंडनवर खुलासा के बाद इससे अडानी को सीख मिल गया होगा कि लूटपाट भारत में कर सकते हैं विश्व में नहीं खासकर अमेरिका से तो दूर ही रहें देश का एकमात्र कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी की लूटपाट आर्थिक नीति को लेकर शुरू से ही देश की जनता को सूचित करते रही एक्सपोज करते रही लेकिन भोली भाली जनता नहीं समझी और फायदा नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों मिलकर उठाया इन दोनों की दोस्ती आज कैसे काम करती है या कैसे दोनों मिलकर देश का चुना लगाने का काम किया के बारे में कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बखूबी बताया हालांकि यही वर्णन करते समय इनसे कुछ गलती हो गई और मोदी सरकार ने इन पर मुकदमा करके गिरफ्तार भी करने का काम गिरफ्तारी करने का भी काम किया पवन खेरा ने कहा अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती गजब की है अतुलनीय है एक गौतम थे जो तपस्या करके बुद्ध बन गए और ये दूसरे गौतम हैं ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं अठारह अठारह घंटे तपस्या करते हैं कमाल के गौतम हैं ये पिछले आठ नौ सालों से अठारह घंटे की तपस्या कर रहे हैं सेबी चुप ईडी चुप एसएफआईओ चुप इनकम टैक्स चुप सब चुप खेरा ने कहा अडानी का बिजनेस वीआईपी आई मूवमेंट की तरह चलता है पहले ईडी जाती है फिर अडानी जी आते हैं और पीछे मोदी जी आते हैं वीआईपी आई मूवमेंट चल रही है अडानी के बिजनेस में छत्रपति शिवाजी एक और बंदरगाह एनडीटीवी इन सभी में पहले ईडी का रेड फिर अडानी जी और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद